एक सेकेंड रुकना तो ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगव गीता क्लास में हम मंगलाचरण करते हैं ओम अतिरांधस ज्ञानंजनाशलाकक्षुरा मिलता ये न तस्म श्रीगुरु नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा महिम दादा स्वप्दाक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून श्री वैष्णवांश्रीपं साग्र जात सहगढ़ रुनाथ वितम सजीव साधु साहित्व हे कृष्ण कुण सिंधो दीन बंधो जगत गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानसुते देवी प्रणमा हरे प्रिवाकल्पतरूभ कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतनिया प्रभु निनंद श्रीअदेत गाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे रामाय राम भद्रा रामचंद्रा वेदसे रघुनाथय सीताय पते नमः नम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे दे, निर्विशेषा शून्यवादी पाशात हरे कृष्णा तो हम शुरू करते हैं ठीक तो अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है भगवदगीता का तो उसमें भगवान अर्जुन को अपनी यूतियों के बारे में बता रहे हैं वर्णन कर रहे हैं तो आज चौ पच्चीसवा श्लोक है भगवदगीता तथा रूप अध्याय दस श्लोक क्रमांक पच्चीस इसमें भी चार युवतियों के बारे में बताएंगे भ्रुगु ऋषि और एक है यज्ञों में जप नाम सर्वश्रेष्ठ है और जो पर्वत हैं जो जो स्थावर नाम है उसमें हिमालय है और एक और है हाँ और मैं जोतने भी ध्वनि है मतलब जो ध्वनि स्वर है ना जो वाणी उसमें ओमकार में न्याय ठीक है ओके तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं जो स्था हिमाल गिराम से महा मानी ऋषि महा ऋषिराम मतलब महर्षियों में भृगु भृु माने भृु अहम माने मैं मैहू और गिराम मतलब वाणी में अस्मि माने हूँ एकम माने अक्षरम तो अक्षरम में मैं ओंकार हूं बताते हैं वो अक्षरम प्रणम प्रणव अग, और यज्ञ मतलब समस्त यज्ञों में और जप यज्ञ मतलब कीर्तन और जप अस्मी हूँ और स्थावरणमल मतलब जड़ पदार्थों में हिमालय मतलब हिमालय पर्वत हूँ मैं महर्षियों में भ्रभु हूँ वाणी में दिव्य ओमकार हूँ समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ तो इस श्लोक देखते हैं तो महर्षि नाम भ्रगुरा जितनी महा ऋषि है ना जितनी महा है मतलब ऋषिगण होते हैं उनमें जो है उनमें भ्रगु मैं हूं तो भ्रगु क्यों है भ्रगु कौन है ब्रह्मा के बेटे हैं ठीक है तो भ्रगु ही क्यों भगवान ने चुने कि भ्रगु मैं हूं जबकि क्या बावने, सब बावने, हाँ, कोई तो चुना था, भी भगवान इस तो श्लोक में हम दो चीजें बता सकते हैं किसी को भी जो ज्यादा बोले एक तो ये भृगु ऋषि है उन्होंने ये देखा कि कौन भगवान है जब देवताओं की सभा हुई की ब्रह्मा विष्णु महेश तीन कंटेन है मतलब बताने के लिए तो वो बता रहे हैं कि इन में से पता करके आओ कि भगवान कौन है परम पुरुष भगवान कौन है मतलब तो भ्रघु ऋषि जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं अपने फादर के पास यानी ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी को क्या करते हैं वो प्रणाम नहीं करते हैं प्रणाम नहीं करते हैं बोलते हैं अरे तुम चार चार खोपड़ी लगा रखी है तुमनेणाम करूँगा चार चार खोपड़ी लगा रखी है ये वो ऐसे बोल दिया वहाँ से तो ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाला बुद्धि में ही रह गया उनका गुस्सा लेकिन प्रभु ऋषि थे वो देख लिया आ गया गुस्सा तो ये तो भगवान नहीं। बाड़ी से आ गया, ये तो नहीं। प्रणाम नहीं किया मतलब इनको ये है कि ना हाँ तो उन्हें गुस्सा आ गया ना मन से बता रहे। हाँ बाड़ी से, मन से आगे चल के वाणी से बताया तो मतलब बोल रहे थे पर मन में बोल रहे थे ना और वो भी बोल रहे थे वो भी मन में बोल रहे थे है ना तो फिर क्या हुआ फिर वहां से निकल गए क्योंकि उन्हें ये लगा कि इनको भी मतलब ये है कि हमें कोई प्रणाम करे मतलब मतलब इसकी सम्मान की भावना है कि कोई आदर करे हमारा ठीक है तो ये भगवान नहीं हो सकते फिर कहाँ गए अपने ब्रदर के पास अपने छोटे ब्रदर छोटे ब्रदर ना बड़े बड़े, बड़े, बड़े ब्रदर बड़े हाँ तो बड़े ब्रदर के पास गए अब बड़े ब्रदर के पास गए तो इनको भी प्रणाम नहीं किया तो प्रणाम तो किया नहीं बल्कि वो शिव आए मेरा भाई आ रहा है तो आलिंगन करूं मैं गले मिल जाऊं तो गले भी नहीं मिले और क्या बोल के कर दिया करके बोल दिया अरे तुम कैसे गंदे हो मैं कितना साफ सुथरा रहता हूँ तुम तो यहीं पे रहते हो भूत लगाते हो ये वो बहुत कुछ सुनाया सुनाया तो उनको ऐसी गुस्सा ही उन्होंने त्रिशुल निकाल दिया मारने के लिए पीछे दौड़ पर फिर वो पार्वती होती भी कहते अरे भाई आपका भाई आपका छोटा कोई बात नहीं रहने दो तो कहते ये भी ये भी क्रोध आ गया फिर देखो फिर कहा गए फिर गए विष्णु के पास गए विष्णु सागर में गए और वहां जाके डायरेक्ट अंदर रूम में मतलब जहाँ लक्ष्मी जी सेवा करती वहां जाके पहुंचे कुछ बोला भी नहीं वहां तो न मन से ना उससे वहां तो सीधा बोला कि छीरो दक्षाही गर्भोदक्षाई शाही शाही बस सोते रहते कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास देल लाद भी है कि यहाँ पे अब भगवान योगनिद्रा निद्रा थे तो भगवान इतने जागे योगनिद्रा से तो कहते हैं अरे भ्रघु ऋषि आप हो आप आए हैं ओहो तो, तो लग गई होगा मेरा जो सीना है वो ब्रज के समान है वज्र के समान है और तुम्हारे पैर इतने कोमल हैं तो वहां पे भ्रघु ऋषि सोचते हैं अरे एक तो मैंने अपराध किया ऊपर से क्रोध नहीं हुआ ऊपर से और अपने आप को अपराधी मान रहा कि मुझसे अपराध हो गया कि मेरे वज्र जैसे सीने को तुम्हारे पैरों में चोट लग गई होगी यानी मैं अपराधी हूँ तो जब वो क्रोध में नहीं आए तो इसका मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर हैं परे हैं और जब उन्होंने अपराध अपना अपराध मान रहे हैं तो ये दिव्यता है उनकी तो कह रहे ही भगवान है तो फिर वो कहते हैं भगवान आप ही भगवान हैं उसके बाद वो रोते हैं करते हैं लक्ष्मी जी ऋषि के ब्रह्मा से नहीं ये ऋषि और है ना वो चार कुमार थे उनमें से नहीं ये फिर उनके बाद और हैं तो उसके बाद फिर लक्ष्मी जी को गुस्सा जाता है लक्ष्मी जी को वगैरह दे देती है ना कि जो भी कुंडली वगैरह कुछ वहीं से बताते हैं हाँ ब्राम्ण। ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मणों के घर में मतलब नहीं जाऊंगी या फिर मतलब वहां पे संतुष्ट नहीं होंगे ये वो तो फिर वो तो वो कहते हैं फिर भ्रभु ऋषि कहते हैं कि भगवान आप कुछ करिए भगवान है। कहते हैं कोई बात नहीं जो ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण ज्ञान बेचेगा उसका कभी सम्मान नहीं होगा उसके घर लक्ष्मी मतलब नहीं जाएंगे उसके लिए स्थान तो जो कोई भी पहले पैसे की बात कर दे मतलब ज्ञान दे रहा है पर ज्ञान से पहले पैसे इतने चाहिए तो फिर उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जो निष्काम भाव से ज्ञान दे रहा है और अपने आप जो मिल जाए जैसे आजकल की टीचर स्कूल में पढ़ाई हो रही है ज्ञान भेज रहे हैं ना मान लो कि टीचर पढ़ाई रहे हैं तरीके से ज्ञान भौतिक हो मटेरियल हो तो सॉरी स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो ज्ञान तो ज्ञान है ठीक है दोनों ज्ञान है लेकिन पैसे ले रहे हैं ना तो इसलिए उन्हें कोई फायदा नहीं है ठीक है यानी दोनों के लिए लगता है लेने वाले को भी और बताने वाले को लेकिन अभी संसार है पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन जो पहले के ब्राह्मण होते थे गुरुकुल खोलते थे तो गुरुकुल में के बच्चा पढ़ता था और अपनी इच्छा से मतलब गुरु को दान देता था मतलब उपहार दान देता। उपहार और खूब मिलता था जैसे कहानी आती ना उनकी आ, क्या नाम है जो नारद जी के पक्ष थे, थे ना जो वो, आ, जानवरों को मारते थे क्या नाम है लग तो नहीं अरे आधा आधा मारता मारता था मृगारी मृगारी मृगारी तो मृगारी हाँ तो देखो कि जब वो भक्ति करने लगा तो उसके पास गाँव से इतना आने लगा इतने आने लगा कि उसका घर भर गया कि भाई मुझे इतना नहीं चाहिए तो पहले उसे सोच रहा था कि मुझे खाने को कैसे मिलेगा अगर मैं ये नहीं करूंगा मेरा पेशा तो यही है मारना ठीक है तो मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा और आगे चल क्या होता है जब वो ये छोड़ देता है भगवान की संतुष्टि के लिए भवानी भक्ति करते हैं भगवान कितना देते हैं कि वो उतना खा भी नहीं पाता तो हम जब भगवान के लिए कुछ करते हैं भगवान के लिए देते हैं भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान फिर हमारा ख्याल रखते हैं खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था हो जाती है ऐसा नहीं है कि एक बात बताओ कितने साल के हो गए हम कोई तीस पैंतीस चालीस क्या आज तक भूखे मरे हो किसी दिन की भूख खाने को नहीं मिला हो भूखे रह गए हैं भीख मांग रहे हो ऐसा हुआ अभी तक कौन दे रहा है भगवान दे रहे हैं तो क्या ये विश्वास नहीं जिसने पैंतीस साल खिलाया है वो क्या आग और आगे नहीं खिलाएगा लेकिन हमें भय रहता है ना भय किस चीज यही तो रहता है ना खाएंगे क्या प्यासा नहीं होगा खाएंगे क्या लेकिन पैंतीस साल तक जो खिला रहा है क्या वो आगे नहीं खिलाएगा आगे भी खिलाएंगे तो अगर ये चीज आ जाए और फिर हम भक्ति में दृढ़ हो जाए तो फिर इतनी टेंशन नहीं होगी भगवान ख्याल रखेंगे तो ये कह रहे हैं महिर्षि रामगोड़ और भगवान की कृपा तो देखोग भगवान ऐसा नहीं हो दिखा रहे मैं गीता में तेरा नाम नहीं लूंगा मुझे लात मारी थी ना छाती में मैं तेरा नाम कट कर दूंगा कोई और महान ऋषि को बता दूंगा लेकिन फिर भगवान ऐसा बोल रहे नहीं ना फिर भगु ऋषि जबकि उन्होंने लात मारी और बताते हैं कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हों वो देख सकते हैं क्लास के बाद के चिन्ह होंगे उनके भ्रघु ऋषि के लक्ष्मी के चरण चिन्ह किसने बोले चरण चिन्ह कौन बता स का <laughs> का निशान निशान होता होता है है उनके उस पे तो पहने रहते हैं श्रीवस्त का निशान होता है। लेकिन चरण चिन्ह की बात कर रहे हैं रघु ऋषि हाँ और जिस लड्डू गोपाल में नहीं हो तो समझो कि जो गोपाल जी बना रहा था उसने गलती करी मतलब गड़बड़ तो यानी लड्डू गोपाल में निशान होना चाहिए होता है क्योंकि छाती पे लाद मारी थी तो छप जाते ठीक है देखना जाके ना बोलते रह है? हमारे में निशान अब अब है <laughs> है तो डॉट डॉट डॉट है पता चलेगा तो देखेगा तो यही होता है समझ में से जब भगवान की कोई चीज पता चल जाए ना फिर निगाह वहीं जाती है फिर देखने पर ना इस तरीके से ठीक है और क्या बोले गिराम कम अक्षरम ये बोल रहे हैं कि अच्छर मतलब प्रणव होता है प्रणव मतलब कि जो भी शब्द निकलता है जितने भी शब्द हैं वाणी है उस वाणी में अगर उच्च वाणी मानी जाए ना तो ओमका है ओम का मतलब है की ओमकार कहा लिखता है गीता में कि जब करना चाहिए पूजा नहीं करनी चाहिए मतलब मतलब वैसी नहीं करनी चाहिए ये ये स्वाहा स्वाहा नहीं करना चाहिए सिर्फ नाम लेना चाहिए लिखा था ये लिखा यज्ञ नाम जप यज्ञो यानी सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ में तो सबसे कौन सा फिर जब यह यज्ञ स्वास नहीं है तो क्यों नहीं है श्वास तो क्योंकि श्वास कलयुग में हो नहीं पाएंगे ब्राह्मण नहीं मिलेगा शुद्ध पुरोहित नहीं मिलेगा शुद्ध वस्तुएं सामग्री शुद्ध नहीं मिलेगी अग्नि शुद्ध नहीं होगी सब मिलावट होगी ठीक है और बता रहे की जो मंशा थी जो रघु ऋषि की तो ऐसा नहीं थी कि अपराध करने जा रहे हैं उनको एक काम सौंपा गया था देवताओं के द्वारा कि जाओ तुम्हें पता कर क्या लेकिन उन्होंने तरीका गलत किया पता करने का लात मार के ना लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी कि मतलब कि गलत भाव से जा रहे हैं ऐसा नहीं तो इसीलिए भाव जरूरी होता है तो हमें भाव देखते हैं भगवान के भाव क्या है किस भाव से आया है क्या भाव है अंदर क्या है ऐसा तो नहीं है देखो जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए जो बाहर कुछ हो रहा है अंदर कुछ और है तो फिर दिक्कत ही पता चले बाहर से तो बड़ा कॉमल बने हुए हैं अंदर से पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं उसके लिए ठीक है तो बाहर भगवान विष्णु के पास गए जहां लक्ष्मी के साथ पढ़ दिया मैंने सब ठीक है ओके आगे क्या है जो भी स्थावर चीज इस्ता, मतलब, मतलब जड़ जो भी है उसमें हिमालय हूँ अभी पीछे बताया था भगवान ने कि मैं मेरू पर्वत और यहाँ बता रहे हिमालय हूँ तो हिमालय है मेरू दो दो कैसे देखो वो बताया था जो लंबे पर्वत में मेरू लंबा पर्वत था पूरे ब्रह्मांड का पर्वत था मतलब पूरे ब्रह्मांड मतलब सभी लेकिन अगर पृथ्वी की बात की जाए प्रत्वी, तो पृथ्वी हिमालय बहुत फैला हुआ है प्रत्वी प्रत्वी हमाल है, बहुत तो ऋषि तो मतलब महान ऋषि हैं, और में दिव है तो ओमकार क्या मतलब आ उ मा, आ मीन्स कृष्णा ओमा माने राधा रानी मा मतलब जीव और कहीं कहीं आता है ओम ओम क्रोम कौन सा वो मंत्र ओम क्रोम हिम क्रोम चामुंडा नहीं उसमें आता है ना नरसिंह भगवान के ओम, क्रीम, रूम, है ना। उसमें जो है ना मंत्र वो और ये ओमकार मतलब एकदम मतलब समय तो उसमें दिव्य सूर्य है ओमकार ठीक है तो प्रणव जैसे जैसे बताया गया है प्रणव पहले बताया था जितने भी यज होते हैं इस दुनिया में स्वाहा स्वाहा तो लोगों को लगता है कि जब स्वाहा जो यज्ञ है वही सर्वश्रेष्ठ ऐसा होता है बहुत सारा। नाम में क्या हो रहा है ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये तो गाते हैं मतलब अब असली यज्ञ तो वो होगा जो स्वाहा स्वाह होगा ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा नहीं है भगवान बता रहे हैं जब यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है यानी नाम जब क्या है हरिकृष्ण स्वाहा बोले और स्वाहा तो फिर मैंने बताया तो हिमालय में एक मेरू पर्वत होता है जो लंबा होता है और तो जो मैंने बता दिया ठीक है जो हिलना नहीं सकता जैसे बताते हैं ये इसलिए भी बोल रहे हैं यहाँ पे पहले के जो पर्वत होते थे वो उड़ते थे उड़ते थे पहले के पर्वत है ने हाथ काटे। क्यों काट दिए तो तो और जितने भी शब्द बोलते हैं ना से बा भी शब्द बोलते हैं ओमकार मेहू ओमकार ध्वनि बोल सकते हो ना बड़ी बोली जाती है उसमें सर्वश्रेष्ठ मतलब मतलब मैं बोलोगे अच्छा हरिकृष्ण क्यों नहीं हरिकाचुअल अलग है।, वो, वो दे है गोलोक का मथुरा महात्मा सुन रहा था कि ये मथुरा जो धाम है ये महाप्रलय में भी खत्म नहीं होता ये डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है वहां पे मर्ज हो जाता है वहाँ पे जो गोलोक है वही से आया उस गोलोक इस गोलोक में कोई अंतर नहीं है बस हम देख नहीं पा रहे वो और ये हमें ऐसा लग रहा होगा ना कि जब वहां धाम जाएंगे तो वहाँ कुछ स्पेशल होगा नहीं जैसे ये गोलोक है ना वैसे ही होगा वहाँ भी पेड़ होंगे गाय होंगी गांव जैसा बिल्कुल गांव जैसा, जैसा माल कोई भीड़ भाड़ नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं और वहाँ पे पता चले एक बालक की पूजा करी जा रहीक बड़ा वो कृष्ण होंगे ऐसा तो नहीं हो, कोई है कोई बोला है होगा मतलब क्योंकि ऐश्वर्य वैकुंठ लोक में है गोलोक में ऐश्वर्य नहीं है गोलोक में प्रेम है समझे तो गोलोक कैसा होगा ऐसा नहीं कि हाई दिखे कुछ अलग लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही आनंद होगा जैसे हमने यहाँ जन्म लिया तो हम लोग देख रहे हैं ना सब चीज ऐसी पता चले कि वहाँ खुले की वहाँ वहाँ सब कुछ है और वहाँ पे फिर वहाँ कभी मरना नहीं है वहाँ पे मान लो कि ऐसा होता कि यहाँ पे कभी मरना नहीं जैसे हैं वैसे ही है, तो कुछ आश्चर्य होता कुछ नहीं होता क्योंकि सभी ऐसे ही कोई नहीं मर रहा ना कोई मर नहीं रहा है सब वहीं वही सिक्स तो ऐसे गो में रहेंगे सब कुछ नवीन है हर चीज नवीन जब स्टार्टिंग से कोई चीज नवीन ही देखी है तो क्या फर्क पड़ेगा पड़ेगा लेकिन प्रेम बहुत है वहाँ पे क्योंकि पे है केंद्र प्रेम है हम मतलब मैं मेरा लेकिन वहाँ पे है सिर्फ कृष्ण मतलब वहाँ पे सब लोग कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं और यहाँ खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं दूसरों को संतुष्ट करना चाहते तो हैं पर कृष्ण को संतुष्ट नहीं करना चाहते इसलिए हम यहाँ पे हैं तो जप यज्ञ गीता में कहा, कहा है दिखाओ तो दस पॉइंट पच्चीस दिखा सकते हैं भगवान यहाँ लिखा है यज्ञ नाम जप यज्ञ हिमालयन पर्वत हूँ ठीक है तो जप यज्ञ क्यों सर्वश्रेष्ठ है हाँ ये क्वेश्चन जब यज्ञ क्यों सर्वश्रेष्ठ है? है ये पहले तो माना किया गया संपन्न ही हाँ बताओ कौशल प्रभु हरे कृष्ण हाँ क्योंकि भगवान बोल रहे है ना इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है हाँ ये तो है की भगवान बोल रहे हैं की यज्ञों में यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है लेकिन अगर हम समझना चाहें कि क्यों सर्वश्रेष्ठ अगर उसका मैं बोलूंगी कुछ व्याख्या करो कि किसलिए सर्वश्रेष्ठ बस एक ही ये तीन अक्षर का आंसर है बस सिर्फ तीन अक्षर का आंसर का सरल बात क्यों है सरल है सरल सर। क्योंकि इसमें यज्ञ में तो ये ना ना के आना पड़ेगा बैठना पड़ेगा सब है ना वो वेदी बनाओ ये करो जपेगी में जब जहा खड़े वही करने लगो सरल है देखो तीन चीजें जपेगी क्यों सर्वश्रेष्ठ है बहुत आसान है यानी सरल है इसमें हिंसा नहीं है क्या मारा जा रहा है किसी को इसमें मैं तुम्हें बंदूक मारूंगा तब कर पाओगे लेकिन स्वाहा सुहा में तो हिंसा है ना अग्नि जलती तो बहुत सारे मरते हैं उसमें कोई कोई तो बलि भी चढ़ाते हैं इसमें कोई हिंसा तो नहीं हो रही ना उसमें ज्यादा हिंसा है मतलब इसमें हिंसा नहीं और बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है फल मतलब ये जो हरिकृष्णा करता है तो फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है जैसे कि इससे हृदय बहुत जल्दी बदल हरिकृष्ण से जब जो सुहास कर रहे हैं उनका हृदय आज तक नहीं बदला होगा लेकिन जो हरिकृष्ण महामंत्र कर रहा होगा हृदय तुरंत बदल जाए कुछ ही फलों में मतलब कुछ ही दिनों के बाद बदल जाए ऐसा भगवान घुस जाएंगे हृदय में कि अब चाहे कुछ भी तकलीफ दुख आता रहे पर यह हमेशा याद रहेगा कृष्ण भगवानों करने वाले हुए चाहे भले ही तुम किसी भी रूप में उसको देखो पर वो कृष्ण है अब जा क्रिसमस डे आने वाला है हम क्या देखें क्रिसमस डे का मतलब सब पीछे कौन है जो भी सनता बंटा आते हैं कौन है वो भी कृष्ण है वो भी कृष्ण से ही हो, हो, तो हमारी बुद्धि हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कृष्ण से ही सारा कुछ है तो एक ब्राह्मण था जो जब कर रहा था तो एक ब्राह्मण एक क्षस उसे खाने इतनी जल्दी कोई का करते स्वाहा, स्वाहा करते तो खा जाएगा तब तक लेकिन उसने मंत्र बोला ऐसे करके तो उस मंत्र की ध्वनि उस पर उसका हृदय चयन होगा जैसे कि गीता महात्मा में आता भी है ना कि एक अपोजिट वो थे ना एक शेर था एक हिरण थी तो हिरण के पीछे शेर भाग रहा था अब मैंने वाले होते हैं। वो। तो भाग रहत भाग रहत है। लेकिन एक जगह ऐसे बैठे वो कि प्रेम करने लगे प्रेम मतलब खानी दूसरे को शांति से बैठे आराम से दोस्त की तरह ऐसा कैसे हो सकता शेर देखे हिरन को मैं हो तो सकता है लेकिन वहां का प्रभाव क्या था वहां पर कोई ऋषि थे मतलब जिन्होंने गीता का पाठ करते थे उसके वजह से मतलब उस ध्वनि से ऐसा हुआ कि उनका हृदय चेंज हो गया अपोजिट जेंडर का तो इस तरीके से भगवान का नाम हृदय में जाके शुद्ध करता है तो जप यज्ञ करने से हृदय बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और गुरु की पहली आज्ञा क्या है प्रसाद खाना प्रसाद खाना आती है। सबसे पहले है सोलह माला का जप फिर चार नियम का पालन फिर सेवा फिर प्रसाद यानी प्रसाद भी है ऐसा नहीं कि प्रसाद नहीं है प्रसाद भी एक सेवा है पहले माला यानी माला का मतलब यह है सबसे पहले जगना है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद ही खाना खा ऐसा नहीं कि माला आठ हुई है पहले खाना खा लू फिर आठ करूंगी तो फिर वो नहीं है जी जी इस पर प्रभु का है वो है पहले माला पूरी हो जाए फिर प्रसाद ये ऐसा नियम ले लो कि मैं प्रसाद तभी पाऊंगी पाऊंगी या पाऊंगा जब मैं सोलामाला मेरी पूरी हो लेकिन कुछ भी हो सुबह पता नहीं क्या है कि सुबह नहीं जग पा रहे हैं दो दो अलार्म लगा लिए चार बज बजती है तुरंत बंद कर देती है तो एक, और और एक और बजने के बाद सोचते हैं हम तो खड़े हो सबसे तो पहले जगते थे फिर भी मैं पाँच साढ़े पाँच बजे बैठ जाता था साढ़े पाँच हाँ वो नींद चाहिए नींद खुलती नहीं और थीक है और फिर मेरे ठीक है ठीक तो है लेकिन बाकी हम क्यों बोल रहे हैं ताकि प्रेम बढ़े जैसे की जो मथुरा वंदावन में नहीं रह रहा है कहीं रह रहा है लेकिन उसका स्मरण मात्र करने से सारे पाप नष्ट हो रहे हैं तो सोचो हम तो जा भी रहे हैं स्मरण भी कर रहे हैं जब भी कर रहे हैं तो फिर पाप तो खत्म हो ही चुके हैं ना वैसे लेकिन फिर क्या मिलेगा प्रेम बढ़ रहा है तो तात्पर्य पड़ते होता है तो कोई नहीं सोलहमाला पहले कर लो और फिर उसके बाद उच्चारण अच्छा कर लो ना क्योंकि सोलह माला के बाद फिर जो लड़ाई आती है ना वो सही से होता है ना कृष्ण कृष्ण नहीं निकल पाता है। लेकिन वृंदावन में मैंने देखा वृंदावन माला मालूम बहुत धाम में रहते हैं तो अगर पांच मिनट भी माला नहीं करी तो याद रहता है ना, ना तुरंत फिर माला करने लगेगा या फिर हो जाता कोई तुम नहीं कर रहे हो कर रहा है ना उसे देख के करने लगेंगे ऊपर स्थिति पे हो ना क्योंकि तुम अवा रहते होंगे इस वजह से चलो ठीक तात्पर्य इसमें कोई सम्राण नहीं तात्पर्य ठीक है ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए इनमें से भ्रुगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे ये बता दिया समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है ये बता दिया समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप कभी कभी पशु यज्ञ की भी संतुष्टि की जाती है किंतु तो हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता आ गया ना तो सरल है। यह सबसे सरल तथा यज्ञ है समस्त जगत में जो कुछ जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। जितनी जगत में जो कुछ शुभ दिख रहा है ना वो कृष्ण का रूप है आते संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ है परंतु मेरू तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं चल नहीं है अतः हिमालय मेरू से बढ़ता है तो मेरू मेरू तो चल मतलब उड़ के मतलब चल, चलाए मान भी है लेकिन जो हिमालय है वो जड़ है ये बता रहे हैं इसलिए है। और हिमालय उसमें ऐसे में देखा जाए ना तो हिमालय है मतलब अपने पृथ्वी पे हिमालय है ऑल ओवर ब्रह्मांड में देखा जाए तो वो है जैसे कि मैं बोलूं कि वर्ल्ड कप का चैंपियन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये है लेकिन अपने इंडिया इंडिया का देखा जाए तो ये है इस तरीके से समझा सकते हैं ना तो ऐसे ही है अपने अपने उसमें देखा जाए हिमालय है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मेरू पर मेरू पर्वत ऐसा वैसा नहीं मेरू पर्वत सोचो कितने लाख योजन एक यहाँ तो तो बार तो सोने की जो जो वो है ना वो स्टूल से मल से करी गई है ठीक है हरे कृष्णा एक सेकंड ठीक है तो हम अभी वो करते हैं थोड़ी देर फिर हम उस बाद बंद करेंगे ठीक है मथुरा धाम की जय तो ये अध्याय दो शुरू हो रहा था इसमें दी है पुण्य प्रदान करने के गुण ठीक है अतः पुण्य प्रदत्तम आदि बराह यानी मथुरा का पुण्य प्रदान करने का गुण यत पुण्यम अश्वेधे नत पुण्यम राज मथुराया तेती त्रिरात्रशय अब रहा रहा है <laughs> दिखाई नहीं दे रहा। ओके यत यत राज मथुराया प्रदाप्योति त्रिरात्र शयनादयमी त्रिरात्र तीन रात शयन मतलब सोना एक अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य और राजसूय करने से प्राप्त पुण्य तत्काली उस आत्मसं व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो मथुरा में तीन रात्रियों तक रहता है तो यानी अब जब प्रोग्राम बनाएंगे तो तीन रात तक बनाएंगे क्यों तीन रात जो रहता है जो अश्वमेध यग इनका जो फल मिलता है वो सिर्फ तीन रात रहने से मिलता हाँ मिल गया विश, पदे पदे हश्वेधी पुण्यम नात्र विचारणा मेरे मथुरा मंडल का आकार 20 ने 160 मील है है है है है हर हर के के साथ एक करने का प्राप्त होता होता इसमें कोई शंका नहीं है। बताओ हर पक पे हो रहा और लिए क्या करना पड़ता है? कौन बताएगा कैसे होता है योजना छोड़ना पड़ता है नाम ये ततो अधिक प्रोक्तो, मंडले। मंडल में में स्नान करने से, से नाचे तत्पुण्य जायते पुनसाम मथुरा वही पुण्य जो चारों वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है वह भी मथुरा शब्द बोलने वाले साधु भक्त को प्राप्त होता है मथुरा शब्द बोलने वाले साधु भक्त को प्राप्त आपको अगर मथुरा में है उसने मथुरा बोल दिया साधु है भक्त है तो उसको क्या प्राप्त हो गया प्राप्त होता है ना अब चार वेद अध्ययन पढ़ लिया तो क्या प्राप्त होगा वो सिर्फ मथुरा शब्द बोलने से प्राप्त होगा तो फिर बोलो मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा अभी आगे जाएगा मथुरा नाम कैसे पढ़ा एक माथुर ऋषि थे मथुरा ऋषि माथुर ऋषि उन्हें बहुत तपस्या करी थी इसलिए उनका जगह का नाम मथुरा चैप्टर पाप हरितम यथा आदि यानी किए गए पापों को भी दूर करती यदि यह आदि पुराण में कहा गया पापों जो मथुरा में नहीं किए गए हैं और आदि तीर्थों में किए गए अन्यत्री कृतम पापम तीर्थम आसाध्य नश्यति तीर्थे तो यतम पापम वज्रलेपो भवे ध्रुव अन्यत्र किया गया पाप निश्चित ही तीर्थ को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है परंतु तीर्थ में किया गया जो पाप है मथुरायापुराया ज्ञान तो ह्ञान तो वापी युपार्जित सकृतम दुष्कृतम वापी मथुरायाम प्रदश्यति मथुरा में किए गए पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाते हैं कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी सुकृति हो या दुष्कृति उसके पाप मथुरा में नष्ट हो जाते हैं जैसे कि और तीर्थ में हम जाते हैं तो और तीर्थ में अगर जो जो कोई पाप करते तो वहां वो नष्ट नहीं होते लेकिन मथुरा में किए गए पाप मथुरा में नष्ट हो जाते हैं अब ये नहीं की पाप करना है हाँ तो नष्ट हो जाते हैं मथुरा में रहने से लेकिन लेकिन वह ये कि दस अपराध बच के करना है मतलब जान के नहीं करना नाम के बल पे अपराध करना ये सब चीजें नहीं अनजाने में अपराध होगा दुष्कृतिमान हो गया ये संचिनम क्रीडतम वाले भगवान कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार पूर्ण सुख प्राप्त हो वैसी वैसे क्रीड़ा करी गई इस ब्रह्म शुभ स्थान में चक्रणित पद वाले भगवान कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार पूर्ण सुख प्राप्त हो वैसी क्रीडा करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा निकालो। देवी सु हे देवी सुगोपिता शिष्याचा हे यह दिव्य नगरी सदाही ही गोपनी है हे पृथ्वी देवी क्योंकि आप मेरी भक्त और मेरी शिष्य हैं इसलिए यह अब आपको वर्णित किया गया है न मैया कथितम देवी ब्राह्मण च महात्म नुद्रस् न पूर्वम हे देवी मैंने ब्राह्मणों और महान आत्माओं को भी इसका वर्णन नहीं किया है मैंने इसका वर्णन भगवान शिव को भी नहीं किया है पृथ्वी दे, देवी यह मेरे द्वारा सावधानी से छिपाया गया है क्योंकि मैं इसे सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय मानता हूं यानी कहना है पृथ्वी देवी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मैंने शिव को भी नहीं बताया है मतलब ये जो गोपनीय स्थान है कौन सा मथुरा थुरा में में में कहा गया है संचितानि अनेक जन्मों के संचित पाप मथुरा नष्ट हो जाते हैं मथुरा की शक्ति क्षण भर में पाप का नाश कर देती है वायु पुराण में भी कहा गया है पुराण में कहा गया है मथुरायापथुरा प्र नश्यति धर्म काम स्थित त्र लभे न मथुरा में किए गए पाप मथुरा में नष्ट होते हैं मथुरा में रहते हुए एक मनुष्य धर्म अर्थ काम और आदि प्राप्त प्राप्त कर सब कर लेता मथुरा में प्रारब्ध प्रारब्ध पाप पद में मथुरा का पाप का हरने पुराण के के अनुसार कितने पेज तो पूरा कर लेता अन्य त्रिदशी प्रारब्धमेतु यहाँ मथुरे दश भिर्दे दशन हृदय नहीं हे hey देवी अन्य स्थानों पर जिस प्रारब्ध कर्म कर्म को दस सालों तक तो भोगना होता है पाप मथुरा में मात्र दस दिनों के लिए ही अनुभव किए जाते दस साल के जो तो पाप हैं वो सिर्फ दस दिन में अनुभव किए जाते हैं सिर्फ अनुभव किए जाते हैं मतलब दस दिन में खत्म यानी लोग तीर्थ घूम तो रहे हैं एक एक महीने जा रहे हैं वहां पे यार भाई तुम दस दिन वृंदावन में रह लो सब कुछ मिल गया वृंदावन में सब कुछ ओके okay. ठीक है बाकी मैं अगली पीढ़ी पढ़ूंगा अगले से हरे कृष्णा जगद गुरु शीला प्रपाद की जय श्रीमद भगव गीता की जय निता, निता गौर प्रमणन दे हरी हरी बोध हरे कृष्णा